हमरा मम्मी के दमाद अरे तू कहां बाड़ा हो यही नहीं अभी और सुनिए अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज बड़ा हरामी हो बेटा